साथियों नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के ऐतिहासिक चैनल एस्टोबी दासीज पे प्रतिदिन दर्शकों हम वास्तु से जुड़ा हुआ आपको कुछ ना कुछ टिप्स जरूर देते हैं इसी क्रम में नमक से जुड़ा हुआ हमने आपको पहले भी कई प्रयोग बताया है आज हम दर्शक को नमक का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं इनके जो फ़ोन आते हैं इनके जो कमेंट आते हैं कि पंडित जी हम पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है क्या ऐसा करें ये हमारी सुनते ही नहीं हैं तो इन्हीं सब के लिए आप लोगों की डिमांड पर नमक का एक हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे आप देखेंगे कि कुछ ही समय में कि आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक होने लगेगा तो देखिए जो है दर्शकों आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि जो भी कपल्स अर्थात पति पत्नी का जो बेडरूम होता है कोशिश कीजिए कि दक्षिण दिशा की ओर आप लोग इसको शिफ्ट कर लीजिए दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा भी ठीक रहती है जो आपका सर रहे दर्शकों आपका सर जो रहेगा ये दक्षिण दिशा की ओर रहेगा पैर उत्तर दिशा की ओर रहेगा अब दर्शकों वास्तुशास्त्र में देखिए नमक से रिलेटेड भी हम आपको कुछ चीज़ें बताते रहते हैं तो इसी क्रम में आज थोड़ा सा हम आपको नमक से रिलेटेड भी एक चीज़ बता रहे हैं प्रयोग बता रहे हैं जिससे पति पत्नी के बीच होने वाली अनबन को कैसे कम किया जा सकता है तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जो है बहुत बड़ा बड़ा विवाद पति पत्नी के बीच में हो जाता है और ये विवाद आगे चल करके तलाक का रूप भी ले लेता है तो एक काम करिएगा आप सभी लोग जो है पति या पत्नी कोई कर सकते हैं अपने बेडरूम में कोशिश कीजिए कि, कि किसी भी एक कोने में सेंधा नमक आप जानते होंगे सेंधा नमक ले आइए या खड़ा नमक जो आता है इसको ले लीजिए और इसके टुकड़े को आप अपने जो है कोने में किसी के पात्र में करके किसी भी कोने में अपने बेडरूम में आप लोग ज़रूर रखिए और एक महीने बाद उस टुकड़े को आप लोग हटा दीजिए पात्र मत हटाइएगा उस टुकड़े को आप लोग हटा दीजिए उस पात्र को धुल करके उसमें फिर से सेना नमक या खड़ा समुद्री नमक आप लोग उसी दिशा में फिर रख दीजिए किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं अपने कमरे के आप किसी भी कोने में रख दीजिए बस वहाँ से वो हटना नहीं चाहिए आप लोग कुछ ही समय बाद देखेंगे चार से पाँच महीने के अंदर देखेंगे पति पत्नी को भी लगेगा कि अरे हमारे पति तो अब पहले जैसे नहीं रहे बदल रहे हैं और पति को भी लगेगा कि पत्नी भी हमारी सही रह रही है तो घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा आपसी तकरार जो पति पत्नी के बीच होती है ये खत्म होगी इसके परिणाम से कुछ ही समय में आपको सकारात्मक असर घर में आपके माहौल दिखाई पड़ेगा तो नमक का ये प्रयोग करिएगा और शयन का जो नियम हमने बताया है कि दक्षिण दिशा की ओर आपका सर हो और उत्तर दिशा की ओर आपका पैर हो ये भी बहुत प्रभावशाली रहेगा तो दर्शकों ये आप लोग प्रयोग करिए और इस प्रयोग के बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोग नीचे कमेंट करके इसके रिजल्ट आप लोग जरूर बताएंगे हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वास्तु टिप्स आप तक बिना किसी बाधा के पहुँचती रहे यदि आप अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत